नमस्कार दोस्तों इस वीडियो कटिंग के चलते आए दिन ऑनलाइन टीचर को कई बार वीडियो विवादों का सामना करना पड़ा कुछ ही दिन पहले दृष्टि की टीचर विकास दिब्याकृति जी की ऑनलाइन क्लास की एक वीडियो क्लिप को कटिंग करके एक बीजेपी लीडर ने इंटरनेट पर अपलोड कर दिया था और देखते देखते वो वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया अब जो शो कॉल्ड भक्तों था उन्होंने सच्चाई जाने बिना दृष्टि को बैन करने के साथ साथ विकास दिब्याकृति जी को अरेस्ट करने का भी मांग करने लगा था कभी बीजेपी की लीडर तो कभी कांग्रेस के लीडर एक के बाद एक ऑनलाइन टीचर को निशाना बनाकर लोगों के बीच अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने की प्रयास कर रहा है और इस बार बारी आई खान सर की खान सर फिर से एक बार अपनी पुरानी वीडियो के जरिए वीडियो विवादों में पड़ गया इससे पहले भी खान सर कई बार वीडियो विवादों में पड़ा था और एक बार बिहार पुलिस ने खान सर की एकेडमी पर भी जांच किया था दरअसल खान सर ने अपनी क्लास के अंदर एक टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा था जहाँ पर उन्होंने समाज के बारे में कहने लगा था और उन्होंने कहा की सुरेश ने जहाज उड़ाया और अगर इसकी नाम बदल दिया जाए यानी अब्दुल ने जहाज उड़ाया तो इसका मीनिंग बदल जाएगा अब्दुल ने जहाज उड़ाया मतलब जहाज को भड़काया तो सुरेश जहाज उड़ाया ब्वंद समाज में अपस इसका नाम चट अब्दुल ने जहाज उड़ाया सुरेश ने जहाज उड़ाया मतलब उड़ाया अब्दुल ने मतलब भड़काया अपनों ने ऐसे तो मजाक के तौर पर अपनी क्लास के अंदर स्टूडेंट के साथ इस बात को शेयर किया था लेकिन कांग्रेस की लीडर सुप्रिया ने इस वीडियो क्लिप के साथ ट्वीट करते हुए कहा कि घटिया निहायती घटिया इनकी गिरफ्तार होनी चाहिए और उन्होंने उस स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही निंदनीय बात कहा उन्होंने कहा जो ये अट्टोह कर इनकी बत्ती बेहूदा बातें सुन रहा है उनको ये सोचना चाहिए की वो क्या बन रहा है राइटर अशोक कुमार पांडे जी ने ट्वीट करके कहा कि ये निश्चित का हद है ऐसे आदमी शिक्षा को धंधा बनाकर समाज में नफरत फैलाने वाला धंधेबाज है ऐसे आदमी की तुरंत गिरफ्तार होना चाहिए अब इन दो ट्वीट के बाद काफी सारे लोगों ने ये कहने लगा कि खान सर पूरी मुस्लिम समाज को आतंकवाद कहने की कोशिश कर रहा है खान सर समाज में इस वीडियो के जरिए नफरत फैलाने की, की प्रयास कर रहा है अभी एक ट्रेंड बन गया है कि सिर्फ मिनट की वीडियो क्लिप को देखकर कोई भी एक टीचर को जांच करने लगा है इनमें पर्सनल ओपिनियन है जो टीचर सिर्फ 200 सौ में स्टूडेंट को यूपीएससी की तैयारी करवाता है वो कभी भी शिक्षा को अपना धंधा नहीं बनाएगा पहली बात और दूसरी बात जो इंसान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली क्रिटिसाइज करने के लिए पीछे नहीं हटता अगर उनको समाज के खिलाफ कुछ बोलना ही होता तो वो डायरेक्टली कहता कभी भी इनडिरेक्टली नहीं कहता और अगर कोई पूरा वीडियो को देखता है तो उसे कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि इस वीडियो के जरिए उन्होंने समाज के अंदर नफरत फैलाने की कोशिश किया कभी बीजेपी के लीडर तो कभी कांग्रेस के लीडर एक के बाद एक ऑनलाइन टीचर को निशाना बना रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो स्टूडेंट पढ़ने के लिए कहां पर जाएगा क्या अब पॉलिटिशियन स्टूडेंट को पढ़ाने लगेगा और क्या अब ऐसी वक्त आ गया है कि एक पॉलिटिशियन एक टीचर की बी ए के ऊपर बात करने लगा एक टीचर को ऑनलाइन क्लास के अंदर कैसे पढ़ाना चाहिए या फिर स्टूडेंट के साथ कैसे बात करना चाहिए क्या अब ये भी पॉलिटिशियन ऐसी सीखना पड़ेगा जब एक बीजेपी लीडर ने दिल्ली में ओपनली कहा था की मुस्लिम को बॉयकॉट कर दिया जाए मुस्लिम ऐसी ना ही कोई समान खर्चना चाहिए ना ही उसके साथ बात करना चाहिए ना ही उन लोगों के साथ रिश्ता रखना चाहिए तब क्या वो समाज में नफरत फैलाने वाली बात नहीं थी लेकिन तब किसी ने कोई आवाज नहीं उठाया इस बात के खिलाफ दरअसल उस वीडियो में खान सर ने, ने नेपाल की टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा था जहाँ पर 1999 में नेपाल की काठमांडू से दिल्ली आने वाला फ्लाइट आईसी एट को पाकिस्तान के हाजिककार ने हाजेक कर लिया था और हाजेक करने के बाद प्लेन को अमृतसर ले गया लेकिन वहाँ पर फुएल ना मिलने की वजह से प्लेन को लाहौर ले गया और वहाँ ऐसी प्लेन को दुबई ले गया और फिर दुबई से अफगानिस्तान की गंधान ले गया जहाँ पर होस्टेज को छह दिन तक बंदी बनाकर रखा गया था और कई सारे हॉस्टेजेस को उन आतंकवादियों ने मार दिया था अब इसी टॉपिक को एक्सप्लेन करने के टाइम खान सर ने कहा था की समाज के बारे में सुरेश जहाज उड़ाया और जैसे ही खान सर अब्दुल ने जहाज उड़ाया मतलब खान सर ने उस आतंकवादियों का नाम रखा था अब्दुल अब खान सर को उस सारे हजे का नाम नहीं पता था और इसी वजह से खान सर ने कहा था कि अब्दुल ने जहाज उड़ाया मतलब जहाज को भड़काया अब ऐसे वीडियो क्लिप को कटिंग करके इंटरनेट पर डालकर ऑनलाइन टीचर को अपमान करना यह देश के लिए एक शर्म की बात उम्मीद करता हूँ सामने पहुंचा पाया हूँ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस